आज हम लोग सीखें पैराडमिक पर्यटन प्रोग्राम मेरा नाम श्यामनंदन मैं आप देख रहे हैं कोडवी श्यामनंदन अगर मेरे चैनल पर नया नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो तो आपको लोग देखने को मिलेगा तो दोस्तों पैराडमिक पैटर्न प्रोग्राम हम लोग सॉल्व करेंगे आज i कॉल टू रो नंबर है मैन्यू रो ऑफ फाइव आई मेन्यू रो ऑफ मैन्यू रो कॉलम ऑफ फाइव जे ई कॉल टू रो आई का वैल्यू है रो जे का वैल्यू कलम ठीक है पर ये जो है ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो है जे जे ग्रेटर इक्वल टू आई परफॉर्म करेंगे फंक्शन परफॉर्म फंक्शन करते ही ऐसा पैटर्निक प्रोग्राम आउटपुट आउटपुट प्रोवाइड करेगा यहाँ फर्स्ट ऑफ तो ऑल मेन सेक्शन हेडिंग कर रहे हैं हम लोग लिंक सेक्शन हो गया जो लाइब्रेरी से डायरेक्ट लिंक करता है प्रोग्राम को बॉयडमेन कले ओपन कर रहे हैं फिर सी कर रहे हैं जो स्क्रीन को क्लियर क्लियरिटी करने के लिए फंक्शन यूज होता है सी एल इन स्लाइज दो भैरियो भा करेंगे इंट आई जे क्योंकि वैल्यू हम लोग इंटीजर में पुट कर रहे हैं अब यहाँ पर लोग एग्जीक्यूट करेंगे आई इक्वल टू वन आई क्रिएटर इक्वल टू फाइव तक एग्जीक्यूट करेगा जो यहाँ पर प्रोग्राम है फिर आई प्लस आई इंक्रीमेंट कर देंगे हम फिर कल रिश्ते फिर इनर फॉरलुक करेंगे जो कॉलम के लिए रो के लिए प्रिंट होगा एक कॉलम के लिए कॉलम जे इक्ल टू वन फर्स्ट स्टार वन प्रिंट होगा फिर सेकेंड आई के अकॉर्डिंग आई अगर एक से बड़ा पहला आई करेगा फिर इससे एक से फिर इंक्रीमेंट का क्या है के दो प्रिंट करेगा फिर तीन प्रिंट चार प्रिंट करेगा फिर पांच प्रिंट करेगा छः में लूप एग्जीक्यूट कर देगा बाहर निकल जाएगा फिर स्टार स्टेरिक प्रिंट करेंगे यहाँ पर हम लोग प्रिंट के डबल कोट में करेंगे ना तो घर रॉन्ग कंपाइलर एरर कर देगा फिर सलेसन क्योंकि ये जो यहाँ स्टैरिक है लाइन बाई लाइन प्रिंट होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स ऐसे प्रिंट करने के लिए स्ले से इनका प्रूज करते हैं हम फिर गेट सी एच कर देंगे फिर कल अब चलो स्टार्ट ए प्रोग्राम जितना है यहाँ पर जो हम लोग शो कर रखे हैं राइड कर रखे हैं हम, हम लोग कंप्यूटर से बनाएंगे का हम विंडो पर प्रोग्राम करना चाहिए वहाँ से हम लोग आउटपुट देखेंगे पैटर्न हम लोग को सेफ होगा जो प्राइडमिक फर्स्ट में वन प्रिंट होगा फैन टू फैन थ्री फैन फोर फैन फाइव ऐसे करके प्रिंट करने के लिए इसे पैडमिक प्रिंट पैटर्न करते हैं हम लोग कहते हैं हम लोग फेन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हाच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड को डॉट टाइप करेंगे जो लाइब्रेरी से प्रोग्राम को डायरेक्ट लिंक कराता है तो उसके बाद वॉयडमैन जो वैल्यू को आउटपुट करने में इजी हेल्प करता है वॉयडमैन वेरिएबल को इंसलाइज करेंगे उसके बाद आई जे इंटीजर वेरिएबल के इसलिए इंट ले हैं फ्लोट वेरिएबल करते हैं फ्लोट लेते हैं बाद फॉर लूप यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन में फॉर लूप यूज कर आई इक्वल टू वन सेमीकोलन आई ग्रेटर इक्वल फाइव सेमीकोलोन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे फाइव तक चलेगा लूप हम लोग का फिर उसका बढ़ाते रहेगा फाइव तक वन से फाइव तक चलेगा लूप हम लोग फिर इनर फॉर लूप ओपन करेंगे जे इक्वल टू वन आई इक्वल टू जे ग्रेटर इक्वल टू वो जो प्रीवियस हम लोग अगले द, आगे देखे हैं जैसे फॉर्मेट में उसी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जे प्लस प्लस फिर प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे अस्टार प्रिंट करने के लिए अस्टार को डबल कोट के अंदर ही प्रिंट करते हैं हम लोग टाइप करते हैं फिर सेमीकोलॉन ऑफ फिर कलीब्रेस ऑफ फिर प्रिंटेड फंक्शन एक और अगेन प्रिंटेड फंक्शन लगाएंगे जो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज किया जाता है सलेसन फिर कलिब्रेसिस ऑफ सेमिकलॉन लगा कलि ऑफ कर देंगे फिर के एच लगाएँगे जो आउटपुट प्रदान करेगी हम लोग का इजली कल भी से शॉप यहाँ पर वो लोग हम लोग कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हम लोग का प्रोग्राम यहाँ सक्सेसफुल हो गया अब रन करेंगे कंट्रोल लेफ नाइन से रन होता है हम लोग का कंट्रोल लेफन आइन करेंगे या डायरेक्ट यहाँ पर रन का ऑप्शन पर जाकर रन कर सकते हैं यहाँ देखिए हम लोग का, लो का प्रीवियस वाला शो हो रहा है इसलिए कल यहाँ पर ग्रीन फंक्शन लगाएंगे सी एल आर एस ई आर लगाते हैं हम लोग सेमी कलोन लगा देना क्लियर है अपलोन करा देना यहाँ पर देखिए मेरा पैटर्न प्रोग्राम होगा अगर पैटर्न को लेंथ हाइट ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेन कर देंगे उससे पैटर्न को लेंथ ज़्यादा हो जाएगा देखिए लेंथ ज़्यादा होगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक से सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज See you next time